पकड़ो आकर आप तो ए वो ना करो और तो टाइम तो लो टाइम लो हां जीरा पको जीरा पकाता है जीरा धो लो तो जीरा पकाओ लगा जीरा पकाओ इसको ऐसे बांध के ऐसे करके अब ऐसे करके बोलो घुमाओ तो ऐसे पानी डालो फिर पोट्टी डालो ए कल पे सेव बता नहीं बोलो चाकू चाकू चाकू से से से काटो, काटो, काटो। ओए, कौन क्या पका रहा है मेरे को तो डोसा खाना है मसाला डोसा कौन बना रहा है घर पकाओ। पकाओ। तुम क्या बना रहे हो? सब्जी, बनाते हैं? तू क्या बनवतेस मैं खूब भूख लगली है खात मीत अंडा नहीं खात मत। मतलब ना स्मॉल पानी पानी जाएगा जाएगा नहीं तो तो ना ना। दिया। दिया। कल ना उड़ जाएगा Good morning, teacher. Today, I'm a um, raining scenery. Raining scenery. So let us start. This is rainbow. This is rainbow. A colorful rainbow. It has seven colors. Sunshine. When the sun shines. After the rain. After the rain. Buzz after technology. Buzz after technology. Sneha's come out. Sneha's come out. Number is beautiful Then. creation by nature. Number is beautiful creation by nature. Creation by nature. This number is too much. people love to watch the rainbow and i like to and make rainbow rainbow i and i like to jump and i like to made. make made rainbow rainbow very much very much thank you thank बेटा आओ है वापस वापस करो दीदी ने अब आते मम्मा पास आओ मम्मा पास आओ अनु? मामा पासे आओ। अनु? एंजल। आया। गाड़ी पर तो ही तू ऊा तू ले जे। भोभो जल्दी, जल्दी जल्दी आए न अंदर आओ अंदर आओ अनो करवाना है मुझे करते हैं मैं उधर वो तुझे बता ना क्ले वो लगा दी वो पतला सा लकड़ा रहते हैं हाँ। है, हाँ। छोटा सा उसको अभी दरवाजे के पीछे क्या है वही देखना है तांग तांग। हो गए अच्छा है ना है ना आर्डर आर्डर करो मम्मी ने ऐसे कुछ झगड़ा करने का सुझाव आर्डर जज और जज हाँ इस जज बनाने का और कल को मुझे इस बनाने का और अब उसके लॉयर हाँ लाओ लाओ वी अरे <laughs> क्या चालना है ना तो पुलिस जवान देता है अपुलिस में तो उनसे तो बेस लिख गया चपली चुप तो मोशापिंग चुप हाँ सेल्फी ना शॉपिंग चुप में तो सुना ने अरे एक मथु कप चल आटल बोलो डिफरेंस कि ender you eat your abuta bacal sleeping sleeping sleeping sleeping lying yes and lick lick from down side lick lick like lick from down side down side yes sanje you are excellent beta you are also excellent okay abhi angel ne batao tum kya khayoge नहीं नहीं मिट्टी मिट्टी मिट्टी मिट्टी रहा रहा आ तू कर अरे वाह नीचे नीचे मेतीदी आनु अनुआच मुखिल अनु अनु अनु बाजू कर ज्वॉनि जॉन चाप ले तो तो आता है आता है आता है आता है आता है लो नहीं रहेगा मैं तेरे पकड़े नहीं रहेगा लो चलो वीडियो लो पकड़ो पकड़ो पकड़ो नहीं रहेगा ओये लो नहीं रहेगा ओये पकड़ो जाते पंगा लो वीडियो पंगा मैं दबा रही ना ले पकड़ो जाते पकड़ा पकड़ा जाते नमन नमन अल्लेवा मामा चाचा आरे बच्चा पहली बार चालता चीकी रहा है कुछ मोटा कहीं नाना मोटा कहीं नाना ने गेम कर लिया है जूजू रखती है डोला नाना करो बेबू डोला नाना सुनन चोर डोला नाना कब चल जी उबे में कंसंट्रेट नहीं करता है जी ए उभी ले तो बाज़ार लड़ने का ना पोस्ट ना बगल में मचियों में मोटा थे कुआं जाना तू गाड़ी का है नहीं मोड़ा माने मोड़ा माने क्या बोलूं को प्यासी ए झंडा कहिएगा कहाँ है ना कोई ना उखारे मम्मी ना हम हाथ बजरबो मोटे साजना ने भाजी का था पक पर पक चढ़ायो छे 13 सितंबर सात दिवस का हां पी बनाई दे रे वाला छे बनाओ काली चाउ ढाकीने कही थी खा ले जाओ ठीक होते जीवा बते के जरूरत है क्या कही वाने ना पानी ना ना चबरम मत जय ध्यान पाछले जैसे जकी Angel. ये रिकॉर्ड बंद थी गये मोबाइल अरे यार